हॉन्टेड हाउस गोरखपुर के एक थाने का लॉकअप दस साल से बंद यह है वजह वैज्ञानिक युग में भूत प्रेत की बात वह भी पुलिस विभाग में पर है तो ऐसा ही महानगर के शाहपुर थाने पर तैनात होने वाले पुलिसकर्मी अतीत की कुछ घटनाओं के कारण मानते हैं कि थाने के लॉकअप में भूतों का डेरा है लॉकअप वर्षों से खाली रहता है काम चलाने को थानेदार के ऑफिस को ही लॉकअप बना दिया गया है 11 साल पहले शाहपुर क्षेत्र के सुनील साहनी को लॉकअप में बंद किया गया था अगली सुबह उसकी लाश कुसुम जंगल में मिली थी तब सुनील के परिजनों ने थाने पर जमकर बवाल किया गुस्साई भीड़ ने असुरन पुलिस चौकी फूंक दी आरोप था चोरी के आरोप में पकड़े गए सुनील को पुलिस ने बेरहमी से पीटा जिससे उसकी मौत हो गई फिर लाशकुसुमी जंगल में फेंक दी मामले में तत्कालीन थानेदार श्री प्रकाश गुप्ता सहित कई निलंबित किए गए इसके बाद से लॉकअप को अशुभ मान लिया गया कुछ थानेदारों ने एक का दुख का अभियुक्तों को बंद किया संयोग से उनमें से किसी ने हाथ की नस काट ली तो किसी ने गर्दन पर हमला कर खुदकुशी की कोशिश की ऐसी पांच घटनाओं के बाद जो भी थानेदार आया किससे सुनने पर यही कहा कि लॉकअप में किसी को बंद नहीं किया जाएगा शाहपुर थाना उन्नीस में बना तब से 2006 तक वहां 9 लोगों की मौत हुई थाने के निर्माण में छत की शटरिंग गिरने के दौरान कई मजदूर घायल हो गए थे इसमें तीन की मौत हो गई थी थाना बनकर तैयार हो गया पर मौतों का सिलसिला जारी रहा ज्यादा बवाल तीन मौतों को लेकर हुआ था 31 जनवरी 2001 को राजेश शर्मा नाम के एक व्यक्ति की पिटाई के बाद लॉकअप में मौत हो गई तत्कालीन थानेदार संजय सिंह के साथ ही तीन सिपाहियों पर हत्या का केस दर्ज हुआ एक अफवाह यह भी थी कि जिस थानेदार या दरोगा का नाम है सक्षर से शुरू होता है शाहपुर थाने पर तैनाती के दौरान उस पर जरूर आफत आती है जिन भी पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई थी संयोग से सबके नाम अक्षर से शुरू होते थे थाने के निर्माण के दौरान तीन मजदूरों की शटरिंग के नीचे दबकर मौत दीपू नामक युवक की लॉकअप में मौत राजू नाम के युवक की लॉकअप में मौत राजेश शर्मा की मौत चार पुलिसवालों पर हत्या का केस शाहपुर थाने के लॉकअप में वर्ष 2006 के बाद से ही कोई बंद नहीं किया जाता है काम चलाने के लिए थानेदार के ऑफिस को ही लॉकअप बना दिया गया असली लॉकअप में कोई गलती से किसी को बंद न कर दे इसलिए उसे स्टोर रूम बना दिया गया लॉकअप 24 घंटे खुला रहता है रात में उस तरफ कोई पुलिसकर्मी नहीं जाता है चंद घटनाओं के कारण पूरे महकमे में प्रचारित हो गया कि शाहपुर थाना शापित है पुलिस वाले वहाँ पोस्टर से डरने लगे कमाई वाला थाना होने के बाद भी चाहते यही थे कि वहां न तैनाती मिले अनहोनी से बचने को किसी की सलाह से थाने में ही हनुमान मंदिर बन